भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान को एक और झटका लगा अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना दरअसल भारत की मांग पर ट्विटर पर जो पाकिस्तान का ऑफिशियल हैंडल है उसे भारत में ब्लॉक कर दिया यानी कि भारतीय लोग पाकिस्तान के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल उन्हें नहीं देख पाएंगे इसकी डिमांड भारत ऐसी ही गई ट्विटर आरोप और उससे हरी झंडी मिल गयी है हमें कोई मतलब नहीं है भाई उनके ट्विटर देखने का और वह हमारे बारे में इतनी अच्छी चीज कोई शायद बोलेंगे भी नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं बनता तो सरकार ने बोला भाई हम पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल भारत में नहीं देखना चाहते भारत के लिए अब बैंड कर दो तो ट्विटर भी उस बात को मानते हुए ये कर दिया है अब भारत से आप पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल ऑफिशियल नहीं देख सकते